Presented by Bihar Music. की गे जा, गे गया बिसाइर के लाये नहीं हो गे हमरा तालाक ये फुल बिसाइर के लिए नहीं हो गे कोना ची हम तक ठीक ची थी, अहा कोना

जब जब द तोहर आबू भर आव जब जब याद तोहर आवे गे जान में आशु भर जब जब जब तो आव जब से छोड़ के गुरा हम बड़ा हम आव

पायल कोला ौला <laughs> अपना में नाजुक बंधन कोला तू अपना बना के हमारा बरतर

भोरे पाजली तोरे बोली जब से रानी घोर डोली। ना, तोह घर टोली देखते भोरे तोरे को बोली

जब से गेलो रानी तो हर पिया घर डोली धब में दिर हाथ कली खल जान गहूं मिटा बैची करू आहा कौन हम बता बैची ससुरस मिला हम आ बैची ओ जानू करू आहा कौन हम बता बैची ससुरस

जब याद तोहर पा गया सु जब से छोड़ ग तुरा हम बरा कर पासी